जी नमस्कार दर्शकों बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और इस्तबाल है ज्योतिष के इस ऐतिहासिक YouTube चैनल एस्ट्रोविद आशीष पे एक खास फैक्ट तथ्य तो आप सभी जानते होंगे कि हिंदुस्तान में हर पाँच साल पे लोकसभा चुनाव हर दो तीन महीने पे किसी न किसी राज्य के चुनाव हर सप्ताह किसी ग्राम पंचायत नगर पंचायत नगर के चुनाव और हर दिन किसी मोहल्ले के वार्ड के चुनाव होते ही रहते हैं इसी क्रम में इस बार बारी है नवंबर में होने वाले हरियाणा चुनावों की, जिसमें एक तरफ भाजपा महावीर फोगाट जो बहुत ही फेमस रेसलर हैं और उनकी सुपुत्री बबिता फोगाट को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके चेहरे पर मैदान में है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की एक स्थिति है जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बगावती स्वर उभर के सामने आ रहे हैं एक तरफ अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोदी और शाह की अपराजेय जोड़ी है जिसने अभी अभी लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीती हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का संशय से भरा हुआ नेतृत्व है जिसमें खुद कांग्रेस को जिस पर शंका है खुद कांग्रेस इस बात को हजम नहीं कर पा रही है कि उनके नेतृत्व में हरियाणा चुनाव में वो वही कमाल कर पाएगी या नहीं जो उसने छत्तीसगढ़ राजस्थान और मध्य प्रदेश में किया था तो आज हम बात करेंगे अपने इस एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन पोल में बिल्कुल सही काम है ने एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन पोल में जिसमें हमारे ज्योतिर्विश आशीष पांडे जी नमस्कार जी ग्रहों की चाल देखते हैं सितारों के इशारे देखते हैं और उनकी नब्स पकड़ के बताते हैं कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है क्या मनोहर लाल खट्टर अगले पाँच साल अपने टर्म को रिवाइव कर पाएंगे या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे तो आइए जानते हैं पहले भी आशीष जी लोकसभा चुनाव में सी एन इन सबको फेल करके अपने एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन पोल के दम पे भाजपा को जिता चुके हैं तो आज फिर एक बार आशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में तो बताइए कि क्या इस बार हरियाणा चुनाव में किसकी लहर है क्या माजरा है सबसे पहले तो मैं अपने सभी सम्मानित दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन व वंदन करता हूँ जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी जी। तो अब इस समय अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सोनिया गांधी, गांधी, गांधी जी हो गई है तो हम जब आते हैं तो पूरा होमवर्क करके आते हैं <laughs> और राहुल गांधी की कुंडली का भी विश्लेषण नहीं करेंगे वो विश्लेषण हमने कर दिया है आपने जो पूछा कि क्या कुछ होगा जैसे कि आपने महावीर फोगाट जो कि बहुत फेमस बहुत है, है, उनके एक है। फिल्म भी बन चुकी आ, है, दंगल उनके ऊपर दंगल उनकी जो है बच्ची भी अपने देवता फोगाटिता फोगाट हो गए और गीता फोगाट अपने देश का इन्होंने नाम रोशन किया है लेकिन एक चीज आप भूल गए जी सपना जी चौधरी भी वही हरियाणा की ही हैं। है हाँ। और बीजेपी में अभी शामिल हैं। मशहूर अभिनेत्री हैं। हाँ जो भी हो, से नहीं लेकिन हाँ अदाकारा हैं आपको बताना चाहेंगी शिवम जी कि मनोहर लाल खट्टर जी की कुंडली का हमने जो है मतलब बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया सुरक्षा ने हाँ उसके बाद हमने आपने मोदी शाह की जोड़ी कही लेकिन अब शाह जी भी अध्यक्ष नहीं है जेपी नड्डा जी जेपी, जेपी नड्डा जी।, जी तो जेपी नड्डा जी की भी कुंडली का हमने विश्लेषण किया और सोनिया गांधी जी की भी कुंडली का हमने विश्लेषण किया जी जी और देखिए अभी हम बताएंगे आपको इस जो है चैनल के माध्यम से बहुत ज्यादा विश्लेषण तो हम आप लोगों को दर्शकों को नहीं समझाएंगे क्योंकि देखिए मोदी जी के भाई दो दो हमने कुंडली विश्लेषण डाला है अमित शाह जी का भी हमने कुंडली विश्लेषण डाल दिया है और ये सारे तो विश्लेषण आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और बाकायदा जैसे कहा जाता है कि परिस्थितियों को देख के तो हर कोई ज्योतिष बन जाता है लेकिन सच्चा और असली ज्योतिष वही है जो पहले ही परिस्थितियों को बता दे आज ये होने वाले की यूट्यूब हो गया चाहे फेसबुक हो गया चाहे व्हाट्सएप हो गया ज्योतियों की बाढ़ सी आ पड़ी है हाँ अच्छी बात है ज्योति सबको आनी चाहिए सबको आना चाहिए अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलना चाहिए लेकिन शिवम जी एक बात बताना चाहेंगे कि परिस्थिति देख के लोग अगर जो है बताते हैं जैसे मान लीजिए कि अभी कश्मीर में जो है एक लाख डेढ़ लाख जो फोर्स भेजी जानी थी तो एक बच्चे बच्चे को भी पता था कि कश्मीर में क्या होने वाला है तो वैसे तो कोई भी प्रडिक्शन कर देगा असली जोशी वही है जो दो चार महीने पांच महीने छह महीने साल भर पहले बताए कि होगा क्या दूसरा कोई भी चीज होती है जैसे मान लीजिए कि परसों कोई चीज होने वाली हुई अब आज भविष्यवाणी आप कर रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं कोई मतलब, है, नहीं, नहीं कोई मतलब नहीं दो से तीन, पहले आ, तो दो से तीन महीने पहले जेन्यून अरे आप महीने भर पहले बता दीजिए तब भी चूंकि अभी आचार संहिता नहीं लगी है और ये वीडियो हम आचार संगीता के पहले इसीलिए हमने अपने इस प्रोग्राम का नाम एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन पोल जी रखा जी है ओपिनियन पोल में कहा? चैनल जनता की नब्स ट्रहों की टोलेंगे आपने जैसे की कहा की लोकसभा चुनाव में आपकी प्रिडिक्शन बहुत अच्छी निकली तमाम जो है न्यूज चैनल वालों ने हमारी जो है हमारे वीडियो को अपने चैनल पर उसके लिए उन सभी लोगों का तहदिल से आभार कहेंगे और जो भी हमने प्रिडिक्शन किया था बहु था आप लोग भी छोटी सी क्लिप ये देख सकते हैं दर्शकों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 23 मई को जो गोचरीय स्थिति रहेगी ये भी इशारा दर्शकों कई हद तक की चीख चीख के कह रही है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आएगी फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी शनि की तीसरी दृष्टि देख लीजिए धनुराशि यहाँ पर जो है अपने कुंभ राशि पर पड़ रही है और भाग के घर पर पड़ रही है शनि की तीसरी दृष्टि शुभ मानी जाती है तो यह भी सारा कर रही है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हम एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकलेगी और कम से कम दो सौ से 340 सीटों के मध्य 280 से 340 सौ सीटों के मध्य इसमें प्लस माइनस थर्टी आप लोग कर लीजिएगा और ये भी देख सकते हैं कि जिन जिन लोगों के बारे में हमने प्रिडिक्शन किया था कि ये ये लोग चुनाव जीतेंगे 99.99 परसेंट .99 वही लोग चुनाव जाएंगे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 आजमगढ़ सीट से बहुत लोगों ने पूछा था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और अखिलेश यादव में कौन जीतेगा तो क्लियर कट यहां पर अखिलेश यादव जी जीतेंगे दोनों की कुंडली हमने यहां पर विश्लेषण किया था दर्शकों फिर हमारा एक कोई जो है दर्शकों ने क्वेश्चन किया था कि राहुल गांधी क्या वायनाट सीट से जीतेंगे तो बिल्कुल राहुल गांधी जी वायनाट सीट से जीत रहे हैं अमे, अमेठी सीट के बारे में तमाम चीजें आई थी राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कौन जीतेगा तो यहाँ पर स्मृति ईरानी जी के जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं वहीं पर रायबरेली से सोनिया गांधी जी क्लियर कट जीत रही है यहीं पर बैठ के मैंने लिया था रविशंकर प्रसाद क्या कहते हैं आपका भोपाल से साधी प्रज्ञा और गिर गी और एक ये स्मृति और राहुल गांधी हर एक वीडियो बहुत हाँ, कोई कहने को तैयार नहीं था गी गी। उस पर आपने अपना विश्लेषण किया ज्योतिष होता है अंगारों पे सब कोई नहीं चल पाता है खैर चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं तो शिवम जी आपने पूछा कि क्या मनोहर लाल खट्टर आगामी पांच साल के लिए फिर से बीजेपी को संभाल कर पाएंगे कर पाएंगे, पाएंगे, पाएंगे मुख्यमंत्री बन पाएंगे तो देखिए मनोहर लाल खट्टर जी की कुंडली आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इनकी जो कुंडली है कर्क लग्न की कुंडली है और जो इनकी राशि बनती है ये वृषभ राशि बनती है जे जे। और जो राशि राशि इनकी बनती है ये है ये जलीय होती जल जो है जल तत्व की राशि होती है और इनका जो नक्षत्र था मृगशीरा नक्षत्र है मृतशिरा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ बेसिकली मंगल का नक्षत्र होता है तो आप देखते होंगे बड़े तेज़तर्रार रहते हैं ट्विटर पर भी एक्टिव रहते हैं और जो है तुरंत हाजिर जवाबी के लिए ये है। मालिक बनते हैं चंद्रमा चंद्रमा इनकम के घर में चले गए और उच्च के हो गए एकादश स्थान जो होता है है। यहां पर जाकर के चंद्रमा उच्च के हो गए दूसरा शुक्र के साथ बैठे हुए शुक्र भी अपनी राशि में यहां पर हो गए इट मींस कि चंद्रमा और शुक्र की युति जो होती है व्यक्ति को फेमस बनाती है सभी लोग जो दर्शक याद कर लीजिए दूसरा बताना चाहेंगे जो इनके सुख के लॉर्ड बनते हैं इनके जो सुखेश फोर्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं ये भी शुक्र बनते हैं शुक्र भी देखिए कहा चलेगा इनकम के घर में चले स्वग्रही अपने परिश्रम के बल पर जाकर पूजा जाएगा बहुत नाम कमाए नाम कमाएगा बहुत पैसा कमाएगा ये भी कह सकते हैं दूसरा इनकी कुंडली में देखिए शनि उच्च के हो गए और, और वक्री है हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा वक्री ग्रह जो होते हैं ये मोर पावरफुल होते हैं जी जी अब सपोज करिए कि आप नॉर्मल रनिंग करते हैं और अगर अभी आपको कोई जो है मल्टीमी जो है प्रिया जो है वर्कआउट सप्लीमेंट अगर अभी हम आपको पिला दें तो आप तेल भागेंगे ना बिल्कुल तो शनि यहाँ पर वक्री है और वक्री ग्रह बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं बहुत बहुत इनके लिए और शनि यहाँ पर उच्च के हो गए तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं और मेष राशि में शनि के होते हैं जी, जी जी तो यहाँ पर चूंकि जो है देखिये फोर्थ हाउस केंद्र में बैठे हुए हैं यहाँ पर एक बहुत सुंदर पंच महापुरुषों में योग बनता है बताइए क्या बनता है आप बताइए अब पंडित जी के बारे में तो आप आप ही ही जानते हैं समस्या का निदान करें और बताएं तो शश महापुरुष नामक जो तो योग है ये इनकी कुंडली में बना हुआ, है। जी। तो नामक बना हुआ है काफी फेमस रहेंगे दूसरा सूर्य इनकी कुंडली में उच्च के हो गए कर्म स्थान के लॉर्ड जो टेंथ हाउस होता है दर्शकों देखिए हमारे शब्दों को पकड़िए और इनकी कुंडली पकड़ते जाइए हमसे अच्छा प्रडिक्शन आप खुद बता देंगे जी कर्म स्थान स्थान के लॉर्ड जो बनते हैं मंगल मंगल अपने से से छठे पे छठा होता है कंपटीशन कंपटीशन का तो कोई भी ही आसानी से भी आसानी निकाल लेंगे किसी परीक्षा में ये बहुत आसानी से खड़े उतर जाएंगे एक बात और बताएंगे इनके जीवन में अचानक से कोई घटनाएं होंगी सीएम बनना इनका तय नहीं था लेकिन से से नाम आ गया दूसरा सूर्य उच्च का हुआ है टेंथ हाउस में बहुत बड़ा राजयोग होता है बहुत बड़ी बात होती है और बुधाधित योग भी इनकी कुंडली में बना हुआ है तो एक बहुत अच्छे कुशल प्रशासक कुशल राजनीतिक उच्च कोटि के विद्वान और बहुत बड़े पॉलिटिशियन के रूप में ये नाम अपना का जो है मतलब कमाएंगे और पार्टी को भी जो है इनसे लाभ मिलेगा तो आपका जो यक्ष प्रश्न है उस पर तो अभी हम अंत में आएंगे दूसरा इनकी कुंडली में देखिए दसमांच चार्ट की हम बात करते हैं डीटेन चार्ट की बात करते हैं चार्ट देखिए दर्शकों दर्शकों दशांश कुंडली होती है सब आप आप ध्यान से देखते रहिए हाँ। कि जब रिजल्ट आए तो लेकिन अब तक पार... ऐसा नहीं हुआ पंडित जी ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है की मैंने आपका इंटरव्यू इसी चैनल पर कई बार लिया है और हर बार चीजें एकदम डायरेक्शन में ही, गए है तो ही।, तो ही। वो तो मानवीय तो दर्शकों पर, पर आप तो कुंडली बन रही है दशांश कुंडली और कन्या राशि इनकी बन रही है हमने आपको बताया था कन्या लग्न भवेश जातो नाना शास्त्र विशारदा सौभाग्य गुण संपन्न सुंदरम और सुख प्रिय राजा के बड़े प्रिय होते हैं मोदी जी के बड़े प्रिय हैं खासकर मोदी जी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी से इनकी बड़ी नजदीकी रही थी कहा जाता है कि उनके लिए खिचड़ी बना के उनको खिलाफ हाँ। एक बात और बताना चाहेंगे की देखिये हमें ज्योति और हमारा काम है निष्पक्ष हो करके एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो है सही प्रडिक्शन देना कोई भी आप लोग कमेंट वगैरह तो कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा मर्यादित भाषा में करेंगे तो अच्छा रहेगा भाषा का और शब्दों का अच्छा हाँ। चुनाव रखें क्योंकि आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं। जी, जी। तो आपकी जैसी भाषा होगी तो वो पर, आपके व्यवहार को परिलक्षित करेगी जी जी तो इनका दशमांश कुंडली में देखिए बुद्ध इनकी कुंडली में उच्चुके हो गए कन्या राशि में बुद्ध एक ऐसे ग्रह है जो अपनी राशि में उच्च के होते हैं कन्या राशि में उच्च के हो गए कर्मेश और लग्नेश बुद्ध बनती तो काफी स्ट्रॉन्ग कुंडली है बहुत स्ट्रांग इनकी कुंडली है दूसरी इनकी जो महादशा चल रही है महादशा महादशा जो इनकी इनकी चल रही है इस समय इनकी बुद्ध की महादशा, और बुद्ध में सूर का अंतर 11 से आ जाएगा। कि जब इलेक्शन आने वाले होंगे तो उच्च के सूर्य टेंत्यंतर सूर महादशा अंतर दशा आएगी बुद्ध की महादशा सूर्य की अंतर दशा तो उच्च की जो है अंतरदशा आने वाली है और सूर्य कहा का कारक जो है मतलब है है स्थान स्थान का लॉर्ड किस चीज का होता है पद का होता है सत्ता का होता है प्रभुत्व का होता है राजनीति का होता है तो ये सब कुछ इशारा कर रही है कि जी हां दर्शकों जो आप सुनना चाहते हैं कि बीजेपी रिवाइव कर, कर रही है हरियाणा चुनाव में हरियाणा में पुनः बीजेपी अपने दम पर आएगी और बहुत बड़ी बड़ी तो पंडित जी इसे मोदी लहर कहा जाए या खट्टर लहर कहा जाए क्योंकि देखा जाए तो जिस हिसाब इस से आप इनकी कुंडली का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो मनोहर लाल खट्टर खुद अपने मनुहला... में एक टेढ़ी खीर लग रहे हैं कांग्रेस के लिए मनोहर लाल खट्टर जी के लिए जो है मनोहर लाल खट्टर जी पुनः बीजेपी को निकालेंगे जेपी नड्डा जी निकालेंगे दूसरा इनकी योगिनी दशा देखिए भाई साहब आप कि इनकी योगनी दशा आप चल रही है सिद्धा की जो कि 662018 से 662025 तक रहेगी स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए तो अब आप देखिए महादशा अंतरदशा उधर बुद्ध और सूर्य सपोर्ट कर रहे हैं इधर योगनी दशा सपोर्ट कर रही है उधर टेंथ स्थान जो है जो टेंथ हाउस में उष्ट का सूर्य वो सपोर्ट कर रहा है डीट एंड चार्ट दशांत कुंडली वहां उच्च के बुद्ध जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं शनि उच्च के इनको सपोर्ट मतलब कर रहे है। सारे, सारे ग्रह पलके पलके बैठे बैठे इस बार। इस बार मतलब पिछली बार जो बीजेपी ने सीटें जीते थी उससे कहीं अधिक बीजेपी सीट जीतेगी और जो हमारी कैलकुलेशन कहती है नब्बे सीटें हैं हरियाणा लेजिस्लेश में हरियाणा विधानसभा में क्या अनुमान है कि नब्बे में से कितनी आप बताइए क्या आप आप आप क्या सी से लेकर ले के और सेवेंटी बीजेपी की सीटें आएंगी प्लस माइनस आप लोग अस्सी पचासी परसेंट बीजेपी प्लस माइनस फाइव कर, कर लीजिएगा ठीक है लेकिन इतनी सीटें सुनते रहिए लोगों इस वीडियो को आप शेयर भी करिए क्योंकि ये प्रूफ रहेगा कि हमने ग्रहों की चाल पहले पकड़ के जनता की चाल से पहले ग्रहों की चाल पकड़ के बताया है तो हम अपनी पार्टी खड़ी कर लेंगे, हम हमारी पार्टी आएगी ऐसा अगर होने लगे भाई आप ग्रहों को देखे ग्रह इशारा कर रहे हैं हम हाँ, जो है ग्रह जो इशारा करते हैं वो हम बोल देते हैं अब कोई भी ज्योति होगा वो हमारी जो है शब्दों को बहुत आसानी से समझ मिलेगा कि जो है हा पंडित जी ये चीज सही कह रहे हैं तो ये सारे सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं सारे सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे भी बिल्कुल बिल्कुल हा, हा, तो ये और बहुत बड़े बड़े कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो इस बार हारेंगे उनके महल गिरने वाले उनके महल गिरने और काहे बगाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस अब अपनी अतीत वाली कांग्रेस नहीं है जी जी तो और क्या कहा जाए, जाए कि जब क्या चाहते है जो है तो हम वो तो एक राजनीतिक वक्तव्य उन्होंने दिया है उसका क्या हालांकि कहीं ना कहीं ये भी ग्रहों का खेल होता है की इनके अपने इतने पुराने दिग्गज जो छिटक रहे हैं एक पत्ता भी हिल रहा है ना ईश्वर की मर्जी से भाई जब आप एक राष्ट्रीय मुद्दे पे आप एक स्टैंड नहीं लेंगे और आपका नेता प्रतिपक्ष उसको अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा तो रीजनल लीडर जो आपके हैं वो एक राष्ट्रीय क्या कहते हैं इस पर हम में नहीं जी, जी। तो देखिये हमारा काम था जो जो है हाँ हमारा जो एक्स्ट्रोलॉजी किया और हमने बता दिया अभी महाराष्ट्र का दिल्ली का और पश्चिम बंगाल इस पर प्रोडिक्शन करनी बाकी है सबसे उसमें कॉम्प्लिकेटेड पश्चिम बंगाल आप चिंता मत करिए हर चीज प्रूफ करेंगे <laughs> हमको जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड दिल्ली लगता है। <laughs> हम जी के लिए लेंगे, और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी है उनकी भी कुंडली लेंगे और तमाम विश्लेषण होंगे तो शिवम जी दर्शकों से इजाजत ली जाए अपने प्रशन के साथ दर्शकों आपने जैसा की देखा आज के शो में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 मनोहर लाल खट्टर जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और आप इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं जितना ज्यादा फैला सकते हैं फैलाइए हमारे इस चैनल एस्ट्रोविद आशीष को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण तमाम न्यूज चैनल पर देखिएगा ये जो प्रशन हमने अभी किया है ये दिखाया जाएगा तो आप लोग उसको भी देखिएगा खैर दर्शकों जाते जाते हैं अब तो राजनेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन पोल प्रोग्राम में तब तक के लिए राम राम आप सभी सुरक्षित रहें प्रसन्न रहें खुश रहें